हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो मैं आपका दोस्त जितेंद्र और आपका सुचिंतक ठीक है दोस्तों और मेरे YouTube चैनल तलवी जितेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ YouTube शॉर्ट्स ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी था दोस्तों कि यार यूट्यूब शॉर्ट्स ये समझ लो कि हमारे लिए आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म है YouTube तक तो ठीक था YouTube आप सब लोग जानते हैं लेकिन दोस्तों YouTube Shorts जो है YouTube Shorts एक ऐसा उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है जहाँ ये समझ लो कि है आपको कुछ नहीं करना YouTube सेट में से आपने अगर TikTok चलाया है आपने snack वीडियो चलाया है आपने मोज चलाया है आपने अपने अनच टका टे दोस्तों आपने जो भी शॉर्ट वीडियो अपलोडिंग ऐप चलाए हैं तो YouTube shorts आपके लिए एक नया दोस्तों YouTube shorts की अगर मैं विशेषताएं बताऊं तो ये लगा लो कि टाइम कम पड़ जाएगा तो बात हम सीधे आते हैं फोकस पे कि यूटूब शॉट्स जो है क्यों ज़रूरी है दोस्तों जैसे कि हम अपना जो है आप चैनल बनाना शुरू कर रहे हैं या फिर आप जो है वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो यार आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि यार YouTube पे मैंने चैनल तो बना लिया और मैं YouTube पर अर्निंग करना चाहता हूं लेकिन YouTube पे मैं क्या वीडियो बनाऊ बना। जो है किस टाइप की वीडियो बनाऊँ किस टाइप की वीडियो देखेंगे तो दोस्तों यूट्यूब जो है ना यूट्यूब शॉर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप जो है छोटी छोटी पंद्रह सेकेंड बीस सेकेंड की वीडियो बना के और तो जो है अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं वहाँ से जो है अपने चैनल अपने जो है अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात जो यूट्यूब शॉर्ट्स की जो नोट करने वाली है वो ये है कि यूट्यूब शॉर्ट में जो यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है कि आपको हज़ार सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं चार हज़ार घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता है दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट्स के जो वीडियोज़ हैं बिना इत, इन गाइडलाइंस को पूरा किए भी आपको अर्निंग का मौका देता है अगर आपके अंदर टैलेंट है अगर आपकी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं आपकी वीडियो वायरल हो जाती है तो दोस्तों बिना जो है चैनल मोनेटाइज हुए भी यूट्यूब आपको जो है पैसे देता है यूट्यूब शॉर्ट पर वीडियो अपलोड करने के दोस्तों बात आती है कि यार हम यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे लोग क्या कहेंगे ये वो बहुत सारी की बातें तो दोस्तों मैं अपना खुद का रियल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे इस चीज़ की टेक्निकल नॉलेज तो है लेकिन जब मैंने शुरू किया तो बहुत लोग पता है बहुत लोग पता नहीं जाने क्या क्या बोलते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि यार आपके अंदर जो टैलेंट है ठीक है कि आपको क्या आता है अगर आप गाने की लिपसिंग कर सकते हैं तो आप गाने की लिपसिंग कीजिए अगर आपको लगता है कि आपको डांस अच्छा आता है तो आप डांस कीजिए अगर आपको लगता है कि आपको आप अपनी बातों से किसी को मोटिवेट कर सकते हैं आपको बोलने का अच्छा तजुर्बा है तो आप वो कीजिए अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप टेक्निकल वीडियो आपको अगर कुकिंग की नॉलेज है तो आप कुकिंग की वीडियो बनाइए आपको ब्यूटी की नॉलेज है तो वीटियो ब्यूटी की वीडियो बनाइए या फिर जो भी आता है अगर आप वीलॉग बनाना चाहते हैं तो वीलॉग तो दोस्तों शॉर्ट्स में है कि आप छोटी छोटी वीडियो बना के अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो जैसा आपको तो पता है टिकटॉक या वीडियो या फिर वोस पर जो है दूसरी वीडियोज़ पर जो पंद्रह पंद्रह सेकेंड की जो है डांस परफॉर्मेंस या छोटी छोटी क्लिप्स जो भी है आप दूसरी वीडियो को देख के सीख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं तो आप बिना वक्त गवाए जो है YouTube Shorts पे वीडियो अपलोड करना शुरू कीजिए और जो है आप आज ही आज ही अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने अपना शुरुआत कर लिया तो यकीन मानो कि अगर मैं मेरी वीडियो अगर तो ज़रूर मेरे साथ साथ आप चलेंगे तो आप भी एक नई दिन किसी भी काम पे पहुँच जाएंगे और ये मेरा दावा है ठीक है दोस्तों तो यूट्यूब शॉर्ट्स पर यूट्यूब पर शॉट्स पर वीडियो कैसे बनाते हैं अगर आपको जो है बिल्कुल सिंपल सा है यूट्यूब ओपन करेंगे उसमें जो है कि यूट्यूब का अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे उसके पास जो है एक यूट्यूब शॉर्ट्स का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करके और आपको जो है ढेर सारी वीडियोस दिखेगी उसमें से कोई भी आपको वीडियो अच्छी लगे उसका म्यूजिक यूज़ कीजिए और अपलोड बनाइए ठीक है ठीके? तो और भी अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए होगी तो यूट्यूब पर शॉर्ट्स पर वीडियो कैसे अपलोड करें मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूँगा तो दोस्तों जो आज का और मोटिव यही था कि हम जो है YouTube की आप लोगों के मन में था कि यार YouTube पे जो है कैसे हम शुरू करें तो दोस्तों YouTube Shorts इसलिए मैं सबसे पहले YouTube Shorts पे आपके लिए वीडियो लेके आया क्योंकि ये YouTube Shorts का जो है ना आजकल बहुत ट्रेंड पर यकीन मानो दोस्त YouTube Shorts खुद YouTube अपने आप को इतना बढ़ावा दे रहा है Shorts प्लेटफॉर्म को कि आए दिन अपडेट करता रहता है उसमें कि कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूजर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम जैसे लोग मिडिल क्लास लोग लोअर क्लास लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है YouTube Shorts पे वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज़र बढ़े तो दोस्तों इंतजार किस बात का आज ही YouTube Shorts पे वीडियो अपलोड करना शुरू कीजिए और अपनी कमाई का और अपनी तरक्की का एक नया मुकाम हासिल कीजिए ठीक है दोस्तों तो फिर तो आ, क्या कहते हैं तो आप जो है बिना वक्त गवाए जो है अपना यूट्यूब शॉट्स अपलोड करना शुरू कीजिए दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे ठीक है दोस्तों और क्या कहते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी या आपको कुछ जो है आप कुछ पूछना है या आप कुछ नई जानकारी चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मैं आपकी हर एक जानकारी या हर एक सवालों के जो है जवाब मैं अपनी वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से देता रहूँगा और आपको किसी भी टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की हेल्प चाहिए या तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या फिर आपको जो है मैं सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको जो है उनकी सारी वीडियो पहुँचती रहे